उसके पेरेंट्स ने सर रिजेक्ट कर दिया कि ये तो उसकी शादी हो गई मुलाकात नहीं हुई मुलाकात हुई में बच्चा था